साल मखी भाई कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जाड़े का मजा ले रहे होंगे क्योंकि हमारे जाड़े का मज़ा इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि हमारे चैनल को करा कि आप लोग बैठे ताप रहे हैं और हमारे चैनल को ग्रो करो यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ और आप लोग जितने भी बढ़ाओगे उतने हम फेमस हो उतने आपको गिफ्ट उफ्ट देंगे यार और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और यहाँ पर मैं उतरता हूँ स्टे मतलब स्टेडियम का नाम निकल रहा है क्योंकि स्टेडियम की बहुत याद है क्योंकि हम वहाँ पर जाते नहीं हैं और हम उतरे हैं थ्रेडिल तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम कितना मारने वाले हैं तो हम यहाँ पे लूट उट थोड़ी बड़ी करते हैं और फिर हमको मिल जाती है एके एंड बेक्टर बेक्टर के बाद मिल जाती है जू क्योंकि इंपेक्टर बहुत खराब होना होती क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग इतना पबजी खेलते हो कि हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पेपर होते हैं तो हम इतना पबजी नहीं खेलते कभी कभी वीडियो डाल देते हैं क्योंकि अभी हमारे पेपर नहीं हुए हैं पेपर जब चालू हो जाएंगे तो वीडियो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मतलब कोशिश करेंगे परियाँ वीडियो तो हम यहाँ पर बहुत सारी एक लेकर बैग पूरा फूल करके फाड़ फाड़ के देखो मैंने हरा वाला बैग फाड़ भी दिया है उसको सिलवा भी लिया है और फिर इस पानी में पता नहीं कौन तैर रहा था उसको पहले पहलते हैं फिर हमारी टीचर जी बड़ी कायदे से खड़े हैं, तो उनके उनका ख्याल ही नहीं रखना आप लोग जानते ही हर मैच में वो जूतियापंती कराया करते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं सेकंड रोल में आ जाते हैं और फिर हम ड्रॉप पे लूटने उठने जाते हैं लेकिन बंदे हम वहाँ पर जा नहीं पाते क्योंकि बंदों को बहुत हरामी होते हैं आजकल के बंदे जाने ही नहीं देते तो हम यहाँ पर नहीं जाते हम घर में घुसाते हैं घर में घुसते हैं फिर हमको यहाँ पर बंदी मिल जाते पंदे मिल जाते भाई चार दूसरे में इसको पहले पहले आपको फिर बाद में बात करेंगे तो इसको फेर दिया फिर आप बात करना शुरू करते हैं हाँ भाई हाँ अब आए हैं नकदीप में और फिर हम इसको किल किए हैं पूरा हमारे दो किल हो गए आप लोग समझ सकते हैं हम कितने प्रो हैं और हम फिर आज यू आई रिलोड करते क्योंकि वो मैन है मैं नहीं होती तो मतलब हेड है यूज हैड डाई जो पास हो तो पेड़ पाल के रामपाल बना देती और दूर पर तो भाई थोड़ा थोड़ा अच्छी है सबके लिए जिसको पसंद है उसकी पसंद थोड़ी जैसे जो पसंद थी मेरी वो मुझसे अलग हो गई जाना आप तो लोग जानते ही होंगे और मैंने एक साड़ी लिखी है जैसे उड़ते हुए जहाज़ का पंखा निकाल दिया बंदे के मुँह पे बात के उसके छाला निकाल दिया तो भाई कैसी लगी साड़ी कमेंट करके बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और हमको मिल जाती है डब्ल्यू क्योंकि हम जानते हैं हुए हर वीडियो में बहुत कर कर्रा हेड शॉट मारते हैं और हमारे अंकल भी वीडियो बनाते हैं उनको भी ज़्यादा सपोर्ट करो क्योंकि वही उनका ही चैनल है मैं वो सपोर्ट कर रहा हूं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और फिर यहां पर लोग आ भाई सब उड़ाने में उड़ते हुए जहाज़ का जैसे मतलब उड़ते हुए जहाज़ आ जाती है तो हमें इनका पंखा निकाल देता हूँ उसके बाद फिर बात करता हूँ फिर इनका पंखा निकाल दिया क्योंकि इनकी पूरी गाड़ी ही दगानी पड़ी आप लोग जानते हो गोशाल गौसाल मक्खी काला हम कोई मान नहीं पता है यहाँ पर बहुत बहुत मारते हैं हम लोग आप लोग शॉर्ट वीडियो में देख लिए ले इतना दबाव करते हैं कि आप लोग रो रो के रो सब्सक्राइब करें गौसाल मक्खी को लेकिन हमारे 150 पर बैठे ये तो गम हो रहा है फिर तो भी कोई बात नहीं आप लोग लो करोगे हमको पता है आप लोग मेरे भाई लोगों तो सब्सक्राइब तो करोगे फिर एक बंदा आता है रोले में उसको खिला दे केला खिला देते हैं जैसे बनारस वाला केला खिला दे बनारस वाला केला आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा बनारस वाला केला मैडम तुम्हारा अच्छा लगता है अरे वही वाला सॉन्ग पता नहीं आगे नुकीला आगे पीछे कटीला तो बनारस वाला केला बड़ा रसीला है मैडम आप लोग सुने होंगे कभी कभी लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सुनता लेकिन आपको बता दिया इसलिए हम केला बना देते हैं एक को एक को केला बना ले क्योंकि आगे नकीला है मेरा पीछे केला इसलिए हम सबको पेल पाल के रामपाल बना देते हैं यहाँ पे स्मोक स्मोक करते हैं उसके बाद हम इस बंदे को फैलते हैं क्योंकि बंदा और बंदे को नहीं पलेंगे तो बहुत हरामी होते हैं बंदे आजकल के आप लोग जानते होंगे आप लोग बचते नहीं होंगे उनकी गेम प्ले में हम टिक क्या क्योंकि हम हैं गौसा मक्खी जिसको हमारी पूरी दुनिया नाम जानती हैं गौशाला मक्खी तो आप लोग जानते हो गए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए उसके साथ और भाई ये बंदा बंदे बंदे में मेरे हेड शॉट सह नहीं पाते इसलिए हम हेड ज़्यादा मारते नहीं अंधेरी अंधरे में चला देते फिर भी एकम से मैं उस बंदे को फेल पाल देता हूँ फिर यहाँ पे आता है जोन तो जोन जोन भी मुझे डरता है कहता है गोसाल मक्खी को मत पूरा कवर करना पीछे रहेंगे दो फिर मैं जोन में घुस जाता हूँ तो वो कह रहा जोन कह रहा है कि गोशालमा कि भाई आप कैसे आ गए अंदर आपको मे, मेरे को मारना मत तो भाई मैं मारता ना किसी को मैं बहुत भला आदमी हूँ तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मैं यहाँ से बग्गी उठा कर निकल आता हूँ यहाँ जो तो आप लोग जानते हो कि सेंटर लोड वाली जगह पे आ जाते हो यहाँ से बहुत अच्छा भी मिलता है सब कहीं जगह दिखती है ताड़ पाड़ मार सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा है और ये रेड जोन आगे बना था और यहाँ पर बंदा होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं आप लोग देख ही सकते हैं यार मैं इतना बोलता कैसे हूँ लेकिन मुझको बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते तो क्या है कराओ यार हमारी हमारी समाज में इज्जत उतार ली तुम और इस बंद को फेल के फिर हेड शॉट कर लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो है प्लीज और तो हम हा, हम इसको मार देते हैं फिर बाद में यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है दूसरा बंदा आता है उसको भी एक अंधेरी वाला मारते हो क्योंकि उससे पहले डराना अच्छा है लगता है फिर फिर मेरे मैंने उसको पहल दिया बेचारे को बहुत कष्ट होंगे उसको क्योंकि मैंने बहुत ख़राब जगह मारा था उसके फिर भी वो सह लेता है कि वो कहता है कि लॉबी में ही जाना है अफसोस नहीं करना बहुत साल के हाथ से पिले हैं अमर हो जाएँगे तो आप लोग भी हमारे हाथ से मरे जिसमें अमर हो जाएँ और यहाँ पर पकी हुई गाड़ी जा रही थी पकी हुई गाड़ी इसलिए जा रही थी क्योंकि और बेचारा गरीब था उसकी किसी ने गाड़ी डाल दिया पूरी नहीं मिराडो किसी ने पूरी फुका दी थी तो उसमें धुआँ निकलना था तो हमने पूरा दगा का सोचा लेकिन हम भले आदमी हम दगाते नहीं किसी की गाड़ी गरीब है तो भाई गरीब मतलब वो है हम थोड़ी थोड़ी मतलब हम मिडिल में मिडिल में तो हम यहाँ से बग्गी उठाते हैं बग्गी उठा कर निकल लेते हैं तो क्योंकि हम अपने कुल बुलाते हैं अपने दोस्त को कुलचोर क्योंकि तो आप लोग जानते हो कुलचोर कित कितने बस देख दो किलचोर कितने हराम है तो बस देखते रहिए क्योंकि तो वो कल आए में माहिर हैं इसलिए उनका नाम मैंने रखवाया है तिलचोर और फिर लूटने में तो बहुत माहिर हैं आप लोग जानते ही होंगे और फिर मैं ऊपर चलता हूँ आप लोग समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को भी इतना मेहनत से वीडियो बताया आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते लाइक करते पंद्रह लाइक सब्सक्राइब करें पंद्रह के ऊपर सब्सक्राइब नहीं जाएंगे मतलब पंद्रह के ऊपर लाइक नहीं जाएंगे तो ऐसा कैसा भाई फिर ये इस बंदे को फेल देता है मेरा अंकल और मैं फिर से मैं एक, एक भी मैं भी फेलना चाहूँगा और मैंने इसके लिए इस बड़ा कष्ट क्योंकि गोसाल मक्खी ने किसी को मतलब गोसाल मक्खी को किसी ने पहली बार मारा है फिर भी किचौर मुझको बचा लेते हैं क्योंकि वो भी मेरे काम आ जाते हैं तो आप लोग जान सकते हो और वह यहाँ पे मैं रुक गया इसलिए क्योंकि सफर करना बहुत अच्छा होता है और भाई हमारे लोग को भाई, भाई लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत मेहनत लगती है और फिर मेरे किलजो जी एक को कर देते हैं और भाई तो नीचे से बंदाते हैं इसको भी पेलना पड़ता है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं भावनाओं को हमारी इसको एमने करके पहले देते हैं उसके बाद उसके बाद पूरा खेलते हैं तो बस देखते रहिए हमारे चैनल को अरे बहुत चक्कर कहती हूँ आप लोग परी लोगे भाई लोगों और ये आस पास उसको भी खेलते हैं पूरा तेल पाल के रामपाल बना देते हैं और फिर फिर यहाँ से निकलते हैं और लबंदा लब बनते हैं पांच उन्हें मतलब पाँच नहीं बचते हैं हम पाँच पाँच हम दोनों को मिला के बचते हैं पांच और तिलचोर जी लास्ट में ग्रुप में टेक देते हैं आप लोग देखते लेगा लास्ट तक और मैं यहाँ पे बंदे बचे हैं तीन तो उनको भी पहनना जरूरी है क्योंकि तिलचौर जी आगे जैसे गए जैसे उनको बहुत किसी ने गुरु तो में पिदिया क्योंकि कोई बात नहीं उसको फिर दिया और मेरे यहाँ पे कि लोग गए दस आप लोग समझ ही सकते हमारे तिलचोर भाई तिलचोर कहाँ हमारे सामने टिकने वाले क्योंकि हम इतने तिलचोर से बढ़िया खेलते हैं और फिर हम यहाँ पे मारते हैं ने लेकिन बंदा होता पीछे हम लोग समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम गोसाल मक्खी हैं हम अपनी ट्रिक से काम लेते हैं फिर भी उनको एक गोली छुआता है इतनी गुस्सा थी हमारी फिर में उनको फेड़ देते के साथ हो गेम प्ले के साथ मेरा हो जाता है चिकन डिनर फ्रेश फ्रेश और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो में बहुत कर चुका हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ खेलने के लिए मैं आईडी डी का नंबर कर दे दूँगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा क्योंकि तो इस वीडियो में दे नहीं सकता उस आज के लिए इतना ही टाटा सी यू बाय ओके बाय